दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल साहल जी में आज के वीडियो हम बताएंगे कि आप कैसे अपने फॉलोअर को जल्दी जल्दी इंक्रीज़ कर सकते हो उसके लिए आपको एक फेक आईडी डी की ज़रूरत पड़ेगी उस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप कैसे अपनी आईडी बना फेक आईडी बना सकते हैं सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको सिंपली कुछ नहीं करना है अपने क्रेम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है यहाँ पर सर्च करेंगे हम ऐसे एम एस एम बाहर के बाद आप लीजिए सर्च करने के बाद आप कुछ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा यहाँ सर्च नहीं हो रहा है दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा आपको इसको एक से दो डाउन कर लीजिए मैं कर लेता हूँ आपको सिंपली सबसे ऊपर जा सब सिंपली आपको सबसे ऊपर जाना है जहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कीजिए यहाँ पर लिखिए डू फॉलो ऐप ये लिखने के बाद आप सर्च कर दीजिए सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, इसको भी आप दो से तीन बार स्कोल डाउन कर लीजिए आपको कुछ नहीं करना है आपको नीचे जाते रहना है यहाँ पर ये लिखा है डाउनलोड इंस्टा मोबाइल ऐप अपडेट और इंस्टाग्राम फॉलोअर दो तो फ्री यहाँ पर आपको रीड मोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है रीड मोड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस पेज को दो से तीन बार स्क्रोल डाउन कर लीजिए कर लेता हूँ दो से तीन बार स्क्रोल डाउन कर लीजिए मैंने कर लिया यहाँ पर आपको एक कैप्ट आएगा इसको, इसको, इसको इस पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह सही का टिक आ जाएगा ये आ गया अब इस पर डाउनलोड करके क्लिक करते हैं तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको ये ग्यारह पंद्रह सेकेंड लेगा और ऑटोमेटिक आपका इस्ट डाउनलोडिंग लेना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों देखिए डाउनलोड का निशान आ गया हमारे सेकेंड टाइम में मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा बुके पर क्लिक कर दिया हम देखते हैं ये डाउनलोड हो रहा है कि नहीं ये ओपन का निशान आ गया यहाँ पर क्लिक कर दीजिए डाउनलोड में जाते हैं ये है ऐप डाउनलोड करने के बाद कुछ आपको इस तरह का दिखेगा फास्ट फॉलो ऐप है ये इसको थोड़ा वेटिंग ले लेते हैं तो ये इंस्टॉल हो चुका है इसको हम ओपन कर लेते हैं पढ़ने का आई बनाई है उसका आईडी और पासवर्ड यहाँ पर साइन ही कर देंगे हमारा थोड़ा टाइम देगा तो एक साथ के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा आपको यहाँ पर अपनी आईडी डाल देनी है मैं अपनी आईडी फेक आईडी डाल देता हूँ मेरी फेक आईडी है और तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल दूँगा तो, तो मैं अपना पासवर्ड डाल दिया हूँ सर्च कर देता हूँ यहीं पर मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल चुका हूं तो यहां पर सर्च कर देता हूं पासवर्ड इन करेक्ट बता रहा है दोस्तों अपना आई डी पासवर्ड तरह का इंटरफेस नजर आएगा दिखा दे रहा हूं कुछ इस तरह का आपको दिखेगा दोस्तों यहीं पर हम यहां पर बीच वाले पर क्लिक करेंगे यहां पर इस्टार पर क्लिक कर देंगे तो हमारा कोइन इकट्ठा होना इस्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप, आप जितने मर्जी उतने कोइन इकट्ठा कर सकते हैं तो यहाँ मेरे पास एक सौ चौतीस का आन नहीं इससे मैं फ़ॉलोवर डाल के दिखाता हूँ यहाँ पर प्लेस एन एन ऑर्डर पर क्लियर अपना रियल आईडी डी यहाँ पर डाल दीजिए और फिर मैं अपना रियल आईडी डाल रहा हूँ इसमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों मैं यहाँ पर लाइक भेजना लाइक भेज सकते हैं फ़ॉलोवर भेजना फ़ॉलोवर भेज सकते हैं तो मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं दसी डाल के मैं अपने यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ मेरे पास एक सौ छत्तीस कॉन है तो इसमें चौंतीस फॉलोवर जाएंगी कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए हम फिर होम वाले पर आ जाए सेक्शन पे आ जाएँगे जहाँ पर लिखा योर ऑर्डर इन प्रोग्रेस यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आप देखते हैं यहाँ पर चौंतीस यहाँ पर हमारा इस्टार्ट हो गया है ऑर्डर लगना इस्टार्ट हो चुका है ये हमारा कॉइन भी इकट्ठा हो रहा है ऑर्डर लगा हुआ है तो अपना आईडी खोल के दिखाते हैं यहाँ पर मैं अपना रियल आईडी खोल लेता हूँ रियल आईडी को स्विच किया आपको कुछ नहीं करना है बीच वाले पे जाना है दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे फॉलोवर आना स्टार्ट हो चुके हैं ये देखिए एक के बाद हम रिफ़्रेश करेंगे फॉलोअर आते जाएंगे इसी तरह गेन करते जाएंगे फॉलोअर हम मेरे अभी कितने फॉलोवर मेरे अभी एक हज़ार दो सौ सत्तावन फॉलोवर्स हैं तब थोड़ी देर में ही दोस्तों फॉलोवर आने तो आप देख सकते हैं यहीं पर हमारे छः फॉलोवर अभी तुरंत आए हुए हैं इस तरह से हम फॉलोअर को गेंद करेंगे एकदम रियल रियल फॉलोवर हैं फेक फॉलोवर नहीं हैं हम खोल के दिखाएँगे आपको कि देखिए उस कुछ फेक नहीं है दोस्तों सब देखिए लाइक देते हैं कमेंट करते हैं सब कुछ करते हैं ये सब तो ये फेक वॉलो नहीं है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स